हेलो फ्रेंड्स लक्की एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इ रिन अ ट्रेजिडी बाई सैम जॉनसन सो वीडियो की लैंग्वेज है वो दोनों भाषाओं में रहेगी हिंदी और इंग्लिश ताकि एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ जाएं। ई रिन अ ट्रेजिडी है भैया एक दुखद घटना जिसको हम कह सकते हैं और ये सैमुल जॉनसन ने लिखी है फाइव एक्ट में लिखी गई है ये पहली बार इसको 1749 में पब्लिश किया गया इट एस द स्टोरी ऑफ इरीन एक ग्रीक की प्रिंसेस है प्रिंसेस है यानी कि राजकुमारी है वो ग्रीक की और जो प्यार में पड़ जाती है डिमीटीरियस के साथ डिमिटीरियस मैसीडन का राजकुमार है तो इन दोनों का प्यार ही पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में पड़कर रह जाता है यही ये स्टोरी है सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स एक्ट फर्स्ट एक्ट में क्या होता है द प्ले ओपन विद इरिन इन के साथ प्ले ओपन होता है इरिन अपनी जो मेड है उसकी जो नौकरानी है एसपीशिया से बातें कर रही है ठीक है इरिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट एंड पैसनेट है और वो अपना लव एक्सप्रेस कर रही है एसपेशिया के साथ और पूछ रही है कि क्या डिमिटीरियस भी मुझे प्यार करता है या नहीं करता है तो एसपेशिया कहती है डेफ़िनेटली मैडम आपसे वो बहुत वे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सो दे डिस्कस द चैलेंजेज अगर वे कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारे तो मतलब प्यार में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हम एक तो हो ही नहीं सकते बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयों का हमने सामना करना पड़ेगा जो डिमिटीरियस है वो भी मतलब एक बहादुर ईमानदार लोयल ऑनरेबल बंदा है और हर काम अपना ईमानदारी से करता है लेकिन जो कबाब में हड्डी बना हुआ है वो है एरिन का भाई एंटीगोनस एंटीगोनस ये ग्रीक का प्रिंस है और इरिन का ब्रदर है बहुत ज़्यादा जेलेस एम्बिशियस एंड रूदलेस बंदा है ये तभी ये एंटर करता है और अपनी बहन को वार्न करता है कि इस रिश्ते को आगे मत बढ़ा डिमिटीरियस के साथ वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा जब तक जो कैलियन एक नया कैरेक्टर्स है ठीक है वो भी इरिन से प्यार करता है लेकिन सेल्फिश है निर्दयी है एरोगेंट है और डिमिटीरियस किजिंग है वो चाहता है कि मैं ही इरिन से शादी कर लूं, ठीक है और उसकी शादी जब उसको लगता है कि इरिन डिमिटीरियस से प्यार करती है तो इनके खिलाफ़ ही कुछ षडयंत्र रचता है तो मैं यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिखाती हूँ इरिन के एसपीशिया के आप उसको देख के समझ सकते हो इरिन कहती है एस से डू यू थिंक डिमिटीरियस लवस मी एस पीसिया सेज अपकोर्स माई लेडी हिज आईज लाइट अप एवरी टाइम ही सीज यू इरिन बट व्हाट ऑफ माय ब्रदर ही विल नेवर अप्रूव ऑफ अवर लव एंटीकोनस यू आर राइट सिस्टर अ प्रिंस ऑफ ग्रीक कॉन्ट मैरी अ प्रिंस ऑफ मैशिडन सो आप आ, समझ सकते हो इनके डायलॉग सेकेंड एक्ट स्टार्ट होता है डिमीटी मीट्स विद चिमोलियन टिमोलियन एक अन्य कैरेक्टर की एंट्री होती है प्ले में ये एक एथेनियन जनरल है एंड फ्रेंड ऑफ इरिन इरिन का ये फ्रेंड है वो वाइज है और मतलब थोड़ा बहुत ये सेल्फिश भी है ठीक है टू सीक हिज काउंसल ऑन हाउ टू विन इरिन हैंड इन मैरिज तो डिमेटीरियस टिमोलियन से हेल्प लेना चाहता कि कैसे मैं मैरिन इरिन से शादी करूँ तो टिमोलियन उसको सलाह देता है कि ठीक है अगर तू उसे सच्चे प्यार करता है तो कुछ तुझे कुछ अपनी बहादुरी दिखानी होगी तो डिमिटेरियस एग्री हो जाता है और वो लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाता है जब तक जो कैलियोन है वो लगातार अपना षडयंत्र रच रहा है और एंटीगोनस भी ट्राई करता है एरिन को रोकने का और जो भी उसका प्यार दिन बे दिन बढ़ रहा था डिमीटीरियस के साथ ही उसको कंट्रोल करने का अब यहाँ पे कुछ और डायलॉग्स मैंने ऐड किए हैं तो डिमीटीरियस कहता है टिमोलियन से जनरल टिमोलियन आई सीक योर एडवाइस हाउ कैन आई प्रू माई वर्थ टू इरिन तो टिमोलियन कहता है यू मस्ट प्रूव योवर ब्रेवरी एंड शो हर दैट यू आर वर्दी प्रिंसरियस आई विल डू एज यू से आई विल फाइट फॉर माई लव एंड माई ओनर अब यहाँ पे सेकेंड एक्ट समाप्त होता है थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है डिमीटीरियस रिटर्न विक्टोरियस फ्रॉम बैटल एंड इज वेलकम्ड बाय इरिन ठीक है यहाँ पर जब वो लड़ाई में जाता है तो वो जीत जाता है डिमीटीरियस तो इरिन बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड देर हैप्पीनेस थोड़े से स्मय के लिए ही रहती है उनकी जो हैपीनेस है वो थोड़े से स्मय के लिए ही रहती है कैलियन एंड एंटीगोनस वो उनके खिलाफ़ षडयंत्र रचते हैं और डिमेटीरियस को कहते हैं कि दो देशद्रोही है डिमीटीरियस पर देशद्रोही का आरोप भी लगा देते हैं टिमोलियन जो इरियन का फ्रेंड है वो डिफेंड से डिमिटीरियस डिमिटीरियस को डिफेंड करता है और कहता नहीं भाई ये इनो है बट जो सिचुएशन है वो टेंशन वाली बन जाती है अब अन्य कैरेक्टर की एंट्री होती है लेसी मैक्यूस लेसी मैक्यूस डिमीटीरियस का फादर है और मैसीडन का ये रूलर है और ये भी वाइज है डिप्लोमेटिक है पावरफुल है हर काम बहुत दिमाग से करता है तो वो कहता है क्यों ना हम क्यों ना भाई एक ऐसा समझौता किया जाए कि ग्रीक और मैसीडन में एक सुलह हो जाए यानी कि वो शांति का प्रस्ताव लेके आता है नेगोसिएट वो कहता है कि टू नेगोसिएट अ पीस ट्रीटी बिटवीन ग्रीक एंड मैसीडन तभी इस डायलॉग के द्वारा इनको दिखाया गया कि इरिन कहती है डिमिटीरियस i am so proud of you you are the bravest man i know to so callion but he is also a traitor he has conspired against greek timoleon says you are wrong callion dimetrius is true prince and a hero and lessimachus says Gentlemen, please, we must find a way to end this conflict. So इस तरह से इनकी argument चलती है अब fourth act शुरू होता है जो peace, जो शांति का प्रस्ताव लेके आता मैसी क्यूस वो the peace negotiation between Greek and Macedon. वो सफल रहती है लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको शादी डिमिटीरियस और इरिन को शादी करने की परमिशन भी मिल जाती है लेकिन ये बात एंटीगोनस को खजम नहीं होती है और वो उसको डिमिटीरियस को असेसिनेट करने की कोशिश करता है उसके ऊपर अटैक भी करता है जब डिमीटीरियस और इरिन की शादी हो रही होती है तो वो बीच में ही आ जाता है और उसको मारने की धमकी देता है डिमीटीरियस को तो इस मतलब क्योंस वहाँ पे हो जाता है और जो कैलियन है वो भी अपनी सच्चाई दिखा देता है कि कैसे उन्होंने षडयंत्र रचा कैलियन रिविल्स इज ट्रू नेचर एंड वो एंटीगोनस को पूरी तरह से जॉइन कर लेता है कि कैसे उसने एंटीगोनस के साथ मिलकर एक प्लोट एक षडयंत्र रचा डिमिटीरियस मैनेज टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड इन बट द पीस टी टी ग्रीक एंड मैसीडन वो बिल्कुल सेटर्ड हो जाती है बिखर जाती है लेसी मैक्यूस वापिस आता है टू मैसीडन एंड युद्ध की तैयारी होने लगती है अब ये कहता है कि अब युद्ध के बिना तो बात बने ही नहीं सब कुछ खराब हो गया है अब ये डायलॉग्स से यहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको ए, कैसे ये बात करते हैं एंटीगोन सेज यू आर नॉट फिट टू मैरी माई सिस्टर यू आर अ ट्रेटर एंड फॉरनर Calyon, he's right. We must protect Greece from this alliance. Demetrius says you are wrong. I love Irene. I will defend her with my life. Irene, please stop this madness. We can find a way to make peace. तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि कैसे इनका डिस्कस चल रहा है. अब एक्ट फाइव चल रहा है. फाइनल एक्ट ऑफ़ द प्ले. चीज़ इरिन एंड डिमिट्रियस से फेसिंग देर फेट एंड इरिन. रिक्वेस्ट करती है अपने भाई से कि वो डी को माफ कर दे और शांति का जो समझौता लेके आई है वे उनको एक्सेप्ट कर ले मैसीडन के लिए तो एंटीगोनस मतलब जैलसी और एम्बिशियस था वो बहुत ज़्यादा और क्रोध से लाल पीला है वो बिल्कुल इनकार कर देता है और अपनी आर्मी ग्रीक की जो भी आर्मी है उसको तैयार करता है मैसीडन के अगेंस्ट और इन द एंड इरिन एंड डिमिटीरियल सब सेपरेट हो जाते हैं हमेशा के लिए ग्रीक मतलब बिल्कुल रूइन हो जाता है उसको बर्बाद कर दिया जाता है ग्रीको यहाँ पे डायलॉग्स हैं जैसे कि इरिन कहती है अपने ब्रेदर से ब्रेदर प्लीज लिसन टू मी डिमिटीरियस इज़ नॉट योर एनिमी ही लव्ज़ मी एंड आई लव हिम एंटीगोनस सेज You are blind, sister. This is about power and honor, not love. Demetrius says, "Please, Antigonus, we can end this war and find a way to live in peace." Erin, if you go to war, uh, you will lose everything. Is that what you want, Antigonus? I want what is best for Greece, even if it means sacrificing my own family. in the final act of erin dimetrius and antigonus lead their armies into battle with lessimachus and his messidian and his messodonian's army waiting to meet them the greek they were bahut jyada the but they fight violently and for a time it seems that they might win the day aur aisa lag raha tha ki bhai yahi jeetenge ठीक है हाउ लेकिन फिर भी इन द एंड जो मेसिडोनियस थे वह प्रू टू स्ट्रोंग लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सिद्ध हुए और Greek are defeated और Greek है वो हार गए और as the dust settles और जैसे ही मतलब जो dust मतलब जो वहाँ पर युद्ध हुआ था वो थोड़ा शांत होता है तो इरिन and मटीरियस एक दूसरे को search करते हैं वहाँ पर जो भी उपद्रव्योस मचा हुआ था they find इच दर जस्ट एज जब वे एकदम से एक दूसरे को मिलते ही हैं पाते ही हैं उनके बीच में फिर से एंटीगोनस आ जाता है वहाँ पर हो जाता है और वो विक्टोरियस मतलब वो जीता हुआ था लेकिन वो घायल था और करहोद और जालसी के घमंड में मतलब जालसी में वो बिल्कुल भरा हुआ था आग बबुला हुआ हुआ था लेकिन तभी एंटीगोनस अपनी तलवार लेता है और डिमिटीरियस को घोप देता है इसे देखकर कर इरिन बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो जाती है वहीं पे पड़ जाती है और डिमिटीरियस वहां पे मरा हुआ है और इरिन उसकी बॉडी के साथ लग के रो रही है अब ये डायलॉग्स उनको दिखाएंगे कि कैसे वे बात करते हैं आपस में एंटीगोनस जब आता है तो वो कहता है कि इट्स ओवर इरिन वी हैव वोन वेयर इज योर प्रिशियस डिमिटीरियस नो इरिन कहती है नो यू कॉन्ट हैवन डिमिटीरियस वेयर आर यू डिमिटीरियस आई एम हेयर माई लव आई एम हेयर एंटीगोनस यू फूल यू थॉट यू कुड वी वीन अगेंस्ट यू थॉट यू कुड टेक माई सिस्टर फ्रॉम मी and dimetris is struck by antigone's sword and uh, falls to the ground ere uh, no dimetrius what have you done you have killed him antigone's he desoiled he was a traitor and forner he had no place in our family or our country in the end erin is left alone and wo ro rahi hai डिमिटीरियस की बॉडी के साथ वहाँ पे बैठी है उसके ऊपर गिरी हुई है और वो रो रही है द प्ले एंडस ओन अ शोम्बर नोट विद द ऑडियंस लेफ्ट टू पॉन्डर द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसिज ऑफ pride एंड ambition. सो so, इसमें एक और कैरेक्टर आता है गाईज एसपीशिया एसपीशिया इज ऑल्सो ए माइनर कैरेक्टर इन द प्ले इरिन तो इस इज अ सर्वेंट टू इरिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आई टोल्ड यू अर्लियर तो जो उसका रोल है वो थोड़ा सा ही है उसका रोल मैं बता देती हूँ एक तो इन एक्ट फर्स्ट एंड सीन सेकंड में एस है वो इरिन को बताती है कि उसका भाई आ गया है एंटीगोनस और वो घर पे पहुँच गया अब तो डी मीटीरियस की बातें करनी बंद कर दे और थर्ड एक्ट में फिर उसका रोल आता है एस का सी टैर सी अबाउट द प्रिपेरेशन फॉर हर वेडिंग टू डी और एक्ट फोर्थ में सीन फर्स्ट वो गवाह थी सी विटनेस इज देशन अटैम्प्ट ऑन डी मिटीरियस एंड इनफॉर्म इरिन ऑफ वट हैज़ हैपन्ड सो एस पी एसिया का थोड़ा सा ही रोल था इसमें लेकिन कई बार कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं सो आई होप आप इसको याद रखोगे सो so, अगर वीडियो अच्छी लगी है स्टोरी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को